ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले जब लगभग भारत पर मुगलों का शासन था एक तरफ शाह, जहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह। और दक्कन के दक्षतान कुतुब शाह एक जगह जहां पर हिंदुओं का घर था वहां पूरी तरीके से मुस्लिमों और पुर्तगालियों का कब्जा था दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया था जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था जिनका नाम था शिवाजी भोसले 19 फरवरी साल 1630 को शिवाजी भोसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है सभी सोचते हैं कि ये बच्चा भी अपने पिताजी की तरह मुस्लिम सेना का सेनापति बनेगा लेकिन नियति को तो कोच और ही मंजूर था किसे पता था कि एक ऐसा बच्चा जिसका पिता खुद एक मुस्लिम फौज का सेनापति है एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम है सारे उसके सामने घुटने टेक देंगे और उसी बच्चे का नाम था वीर शिवाजी जिसे भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है अरब और खाड़ी देशों से आए मुसलमान भारत पर कब्जा तो कर लिए थे लेकिन इतनी दूर से महल और राज्यों को संभालने के लिए सेनापति लाना संभव नहीं था इसीलिए उस वक्त के सभी मुस्लिम सम्राट अपने यहाँ रहने वाले हिंदू लोगों को अपने मंत्री और सेनापति नियुक्त तो कर दिया करते इसीलिए दक्कन के सम्राट इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने अपने यहाँ पर साजी सिलसिले को अपने यहाँ सेनापति नियुक्त कर दिया साजी उच्च स्थान पर नियुक्त थे और साल 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के समीप शिवनैरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ स्थानीय देवी शिवाय के नाम से पुत्र का नामकरण हुआ जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के के पिता का हमेशा काम सिलसिले में बाहर रहना होता था, वैश्विक उनकी उनकी करते, करते जब बड़े होंगे तो वे अपने पिता की तरह मुस्लिम सेना के बेहतरीन सेनापति बनेंगे ये साल था लगभग सोलह सौ छियालीस तब शिवाजी की उम्र महज सोलह साल थी किसी भी हिंदू राजा का अपना राज्य नियुक्त कर पाना असंभव था क्योंकि भारत के हर हिस्से में मुस्लिम शासकों का शासन था अगर कोई हिंदू अपना राज्य अगर कोई हिंदू अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करना चाहता तो उसके लिए तीन परिस्थितियों का होना बड़ा जरूरी था पहला कि वो राज्य किसी शक्तिशाली राज्य से दूर हो ताकि कोई राजा उस पर हमला ना कर पाए दूसरा वो राज्य खेतीबाड़ी के लिए अनुपयोगी हो ताकि कोई सम्राट उस पर कब्जा करने के लिए सोचे भी नहीं और तीसरा ये कि वह राज्य जंगलों में हो ताकि छापामार युद्ध और गोरेला युद्ध किया जा सके ये सारी परिस्थितियाँ शिवाजी के लिए अनुकूल बनी जब उन्होंने स्थानीय किसानों माउली के समर्थन से अपनी सेना को तैयार किया शिवाजी अच्छी तरीके जानते थे की कि किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए किला के क्या महत्वपूर्णता है इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना चाकन और कुाना किले को अपने अधिकार में कर लिया इसके बाद उन्होंने थाना फोर्ट कल्याण फोर्ट और भिवंडी फोर्ट को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया इन घटनाओं ने आदिल साम्राज्य में हड़कम्प मचा दिया ये आखिरकार ऐसा कौन आ गया जो मुस्लिम साम्राज्यों के काम में दखल अंदाजी कर रहा है जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये शाम्भा भोसले का बेटे शिवाजी शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने सात साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया शिवाजी ने सात साल तक आक्रमण नहीं किया और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाते रहे और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने पचास किलो को अपने नाम कर लिया धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा अब लोगों को लगने लगा कि कोई तो ऐसा है जो मुस्लिमों को टक्कर दे सकता है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपके और किसी वीडियो में जब तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि पार्ट टू लाना है या नहीं